वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ कि मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ वा।